ना जाने कैसा एहसास है बुझती नहीं है क्या प्यास है क्या नशा इस प्यार मुझ पे तरन, मुझे छाने लगा